किस तक की है सिलेबस एंड स्टडी गाइड यानी कि आप जो भी पेपर दोगे वो तो अल्टीमेटली इसके अंदर कवर होगा अब इसके हिसाब से हम कुछ चीजें पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या है पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है कितने सवाल आएंगे किस तरह से सवाल आएंगे एफ थ्री से ये कैसे कनेक्टेड है कितनी चीजें ऐसी हैं जो एफ थ्री के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एंड सो एंड सो पहले तो आप जरा एक रिलेशनल डायग्राम देखें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अदर एग्जाम के साथ तो आपको नजर आ रहा होगा कि थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट इन बिजनेस लॉ के अंदर जो कंपनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है वो आपको के अंदर करेगा. और फिर एफ आर जो है वो आपको दो पेपर में, करेगा. आपको में भी हेल्प करेगा और एफ आर आपको एस बी एल के अंदर भी जाके हेल्प करेगा लेकिन जो मेन कनेक्टिविटी है इसकी वो है एफ थ्री एफ सेवन और एफ आर ठीक है ये मेन कनेक्टिविटी पिलर्स इस तरह से बनते हैं। ये तीनों पेपर आपस में कनेक्टेड हैं। अब देखें आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है आपका वो इस तरह से डिजाइन हुआ हुआ है कि आपको तीन घंटे का सी पेपर देना है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है तमाम क्वेश्चन आपके कंपल्सरी आएंगे क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड भी होंगे थियोर शामिल होगा जैसे को भी पूछा जाएगा, में भी पूछा जाएगा. कुछ क्वेश्चन जो है वो सीनैरियो बेस्ड और केस स्टडी अप्रोच से होंगे जो कि नॉर्मली सेक्शन बी और सेक्शन सी में आता है अब जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो पहली मरतबा देने जा रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो आ, फंडामेंटल्स के अंदर जो सीबी अप्रोच है उसके अंदर हर पेपर में तीन सेक्शंस आते हैं पहला सेक्शन है आपका सेक्शन ए सेक्शन ए हर पेपर में ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट होता है यानी कि एमसीक्यूज़ और ओटीक्यूज़ और एक क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं दो तो इस तरह से आपका जो सेक्शन ए है उससे आपको थर्टी मार्क्स दिए जाते हैं और आप थर्टी मार्क्स जो है वो सेक्शन ए से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि सिनेरियो बेस्ड होते हैं और हर सवाल में पांच ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन होते हैं यानी कि एक सवाल आएगा दस नंबर का जो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर होगा और उस टॉपिक के अंदर उस सवाल में आपसे पांच क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दो दो नंबर के पांच क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें कैलकुलेशन भी होगी उसके अंदर थ्योरी भी होगी तो वो अल्टीमेटली फिर आपको दस नंबर के तीन सवाल थर्टी मार्क्स जो है वो आपके सेक्शन बी में भी कवर हो जाओगे तो सेक्शन ए में भी थर्टी मार्क्स कवर होंगे और सेक्शन बी में भी थर्टी मार्क्स कवर होंगे लेकिन सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको कुछ लिखना नहीं होगा सारा का सारा एनसीक्यूज होगा ए और बी में आपको जस्ट कोई वर्किंग शो नहीं करनी होगी आंसर या तो ठीक होगा या आंसर गलत होगा वर्किंग वगैरह के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे तो आपका जो टोटल 60 परसेंट पेपर बनता है ये एक कंप्यूटर बेस्ड पेपर है टोटल 60 परसेंट ठीक है और जो आपका रिमेनिंग सेक्शन बनता है जो कि आपको लिखना होगा और जिसके लिए आपको एक्सेल की शीट प्रोवाइड की जाएगी या वर्ड स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा वहां पर आपको जो है वो यूज करना पड़ेगा उसके अंदर आपके पास दो क्वेश्चन आएंगे एक सवाल 20 मार्क्स का होगा और वो कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन कहलाता है। 20-20 मार्क्स के दो सवाल होंगे आपके पास तो ये आपका टोटल पेपर इस तरह से 100 मार्क्स मार्क्स, का सेक्शन सेक्शन ए 15 बी 15 सेक्शन uh, ए uh, 30 मार्क्स सेक्शन बी 30 मार्क्स और सेक्शन सी 40 मार्क्स का इस तरह से ये सिलेबस डिजाइन किया गया अच्छा जी अब जो 20-20 नंबर के दो सवाल आएंगे वो कहां से आएंगे स्टूडेंट इज वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि पूरे सिलेबस में से कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जहां से 20-20 नंबर के सवाल आएंगे तो उन्होंने अपनी गाइडेंस के अंदर लिखा हुआ है कि आपका जो 20 नंबर का सवाल होगा वो एक सवाल इंटरप्रिटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कनेक्टेड है जो कि सिंगल एंटिटी से रिलेटेड भी हो सकता है और ग्रुप से रिलेटेड भी हो सकता है यानी कि आपका जो सेक्शन सी होगा इसमें तीन टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट और एक टॉपिक हैीट बनाना और तीसरा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सेक्शन ए के अंदर और सेक्शन बी के अंदर नॉर्मली एनी एरिया ऑफ द सिलेबस कवर किया जा सकता है कहीं से भी सेक्शन ए बनाया जा सकता है सेक्शन बी बनाया जा सकता है सेक्शन बी यूजुअली तीन डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलकर बनता है अच्छा ऐसा नहीं है कि सेक्शन सी में कोई और चीज नहीं आ सकती सेक्शन सी में डिफरेंट चीजें भी आ सकती हैं सही है कैंडिडेट में आस्क टू कमेंट ऑन दी अप्रोप्रिएटनेस और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट्स ओपिनियन और चूज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि आपको ये बताया जा सकता है कि जी कंपनी का मैनेजर है डायरेक्टर है वो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडोप्ट कर रहा है बताएं, सही अडोप्ट कर रहा है इस पर या नहीं कर रहा। आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और वो किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकते हैं क्वेश्चन ऑन टॉपिक एरियाजो इंक्लूडेड एल बी एग्जामिन पेपर अब एफ के अंदर हमारे पास जो टॉपिक थे उसके अंदर रेशियो एनालिसिस भी था यहां पर वो डिटेल में पूछा जाएगा कंसोलिडेशन भी थी वो यहां डिटेल में पूछी जाएगी आई एस थे वो आई एस अब यहाँ पर डिटेल में पूछे जाएंगे जो एफ थ्री के अंदर हमने पढ़े हुए अच्छा जी टोटल हंड्रेड मार्क्स ऑफ पेपर है कोई चॉइस नहीं होती पेपर के अंदर फिफ्टी परसेंट पासिंग मार्क्स है एवरेज जो रिजल्ट आता है 46 या 47 परसेंट लोग पास होते हैं इसके अंदर नॉर्मली अब आपके सिलेबस सिलेबस की जो मेन मेन चीजें हैं कैपेबिलिटीज ऑफ़ द एक नजर डालें तो डिस्कस एंड अप्लाई कॉन्सेप्ट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये थ्री में भी था आई का फ्रेमवर्क ये थियोरेटिकली इसके ऊपर एक सवाल यूजली आता है उंटिंग स्टैंडर्ड्स आई ए एस एंड आई कितने हैं वो भी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं एनालाइज एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशो एनालिस प्रीपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल कंपनी के लिए जिसको हमने एफ में कंपनीज में पढ़ा था और बिजनेस कॉम्बिनेशन दैट इज दिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ आई एस ये मेन कैपेबिलिटीज हैं सिलेबस की और ये मेन कैपेबिलिटीज इन्होंने यहां पे स्केच बना के दी हुई हैं क्या आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ए सेक्शन है एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कनेक्टिविटी है अच्छा एज फार एज अगर हम सिलेबस में नजर डालें तो सिलेबस एरिया ए फ्रेमवर्क ये पूरा हमने बात कर ली थी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है फ्रेमवर्क है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इसके अंदर टेंजिबल नॉन करंट एसेट आई एस सिक्सटीन इन नॉन करंट एसेट आई एस थर्टी एट इंपेरमेंट ऑफ एसेट आई एस थर्टी सिक्स इन्वेंट्री एंड बायोलॉजिकल एसेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लीजिंग चीजें ऐसी है जो तुम लोगों ने पहली दफा सुनी होगी प्रोविजन ये था F3 के में इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग डेट ये भी था था टैक्सेशन थोड़ा सा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रेवेन्यू गवर्नमेंट ग्रांट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन सेक्शन सी एनालाइज एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैलकुलेशन सिलेबस में शामिल है की और आपका लास्ट एरिया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल एंटिटी एंड ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह आपका ओवरऑल हो गया सिलेबस और यह सिलेबस फिर आगे इसकी डिटेल गाइडलाइन है लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट राइट नाउ अच्छा ए आपको ये बताता है एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट कि आपके सिलेबस में कौन कौन से आई और आई एफ आर है तो अगर हम उसको देखें और उसको एफ से कम्पेयर करें तो पहले मैं वो स्टैंडर्ड मार्क करूंगा जो आपने एफ के अंदर पढ़े हैं। जैसे आई ए एस वन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया कैसे जाता है ये वही है। ये एफ से रिलेटेड है इन्वेंट्री आई एस सेवन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आई एस एट भी था थोड़ा सा लेकिन अब इसको हम इग्नोर कर देते हैं आई एस टेन इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट सोला प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ये था अच्छा इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा आई एस थर्टी सेवन प्रोविजन ये था आई एस थर्टी एट इंटेनजिबल एसेट ये वही है सेम और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके कंसोलिडेशन से रिलेटेड आईएफआरएस एफ थ्री बिजनेस कॉम्बिनेशन इसकी कुछ चीजें थी और अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो आई 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ये थोड़ा सा हमारे सिलेबस में था इसके अलावा आईएफआरएस 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाकी सब कुछ नया है हल्का सा रेवेन्यू का एक आइडिया हमने एफ में लिया था हल्का सा स्लाइटली बाकी अगर आप देखें तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि यहाँ कवर होते हैं अब इसकी गिनती काउंट करना शुरू कर तो आपको नजर आएगा कि वो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या है तो मैं लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात कर लूं। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो एस के अंदर आते हैं वो एस में लिखे हुए लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी जो एफ पास करने के लिए जो सारा गेम है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप अकाउंटिंग एंड रेशियो एनालिसिस तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर फोकस करना है ग्रुप अकाउंटिंग पे फोकस करना है और रेशोज और उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर जाना है ताकि जब ये तीनों एरियाज हमारे कवर हो जाएं तो अल्टीमेटली हम ज्यादा बेहतर तरीके से इसको कैप्चर कर सकें अच्छा जी अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज की तरफ चलते हैं तो देखें जी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें लगते हैं कि एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं तो इसको इस तरह से कर लेते हैं कि पहले तो हम आ जाते हैं ग्रुप अकाउंटिंग के ऊपर कॉन्सोलीडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और आपसे जो इनकम स्टेटमेंट पूछा जाएगा उसमें एक सब्सिड्री और एक एसोसिएट के बारे में पूछा जाएगा सिंगल कंपनी सब्सिड्री और एक एसोसिएट दो सब्सिड्रीज हमारे सिलेबस में नहीं है इसी तरह आपसे बैलेंस शीट और एफ के बारे में पूछा जाएगा तो वो बैलेंस शीट में भी आपके पास एक सब्सिडरी और एक आपके पास एसोसिएट की रिक्वायरमेंट आ सकती है इसके अलावा एक न्यू टॉपिक है इसके अंदर और वो है डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी कि अगर सब्सिडरी बेच दी जाए तो उसके बेचने की अकाउंटिंग किस तरह से होती है ये अभी रिसेंटली कुछ अरसे पहले F7 में नया इंट्रोड्यूस हुआ कि सब्सिडी के डिस्पोजल की अकाउंटिंग कैसे की जाती है तो ये ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर इश्यूज हैं और अगर मैं इसको थोड़ा सा F3 से रिलेट करूं थोड़ा सा अगर मैं इसे F3 से रिलेट करूं तो गुडविल कैसे निकालते हैं एन कैसे निकालते हैं सारी चीजें वैसे ही रहेंगी कॉन्सोलिडेटेड रिटर्निंग कैसे निकालते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैसे निकालते हैं बैलेंस शीट की बातें बता रहा हूं इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग को कैसे हैंडल करते हैं और कुछ नई एडजस्टमेंट आएंगी जैसे फॉर एग्जाम्पल शेयर एक्सचेंज क्वान्टिजेंट कंसिडरेशन इस तरह से कुछ नई चीजें भी इसके अंदर हमारे पास आएंगी जो हमने एफ थ्री के अंदर नहीं पढ़ी हो So, ये और ओवरऑल आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया दैट इज कॉन्सोलीटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर जो दूसरा एरिया है आपके पास इंपॉर्टेंट वो है रेशोज दो चीजें इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि आपको तमाम रेशोज की कैलकुलेशन आनी चाहिए कैलकुलेशन के मार्क्स यूजली कम होते हैं और रेशोज की इंटरप्रिटेशन जो कि हमने एफ थ्री लेवल के ऊपर भी पढ़ी हुई है लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो लिखना एक अलग चीज है समझना एक अलग चीज है तीसरा एरिया इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ओके बहुत ज्यादा एग्जामिनेबल होते हैं इंपॉर्टेंट आई ए एस एंड इंपॉर्टेंट आईएफआरएस की एक लिस्ट में यहां पे आपको दे रहा हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिस पे पहले पहला फोकस करना है तो उसमें आपके पास लिस्ट में आता है आई एस सेवनटीन इसके अलावा आपके पास लिस्ट में इंपॉर्टेंट आता है आई एस ट्वेंटी वन आई एस थर्टी IAS ए एस थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट आई ए एस ये एक ही है IFRS एफ आर अल्टीमेटली अच्छा जी इसके अलावा जो और स्टैंडर्ड्स हमारे लिए रेलेवेंट हैं उसके अंदर हम आईएस एस डाल देते हैं फिर इसी तरह हमारे पास आईएफआरएस 15 है रेवेन्यू रिकग्निशन और इसी तरह हमारे पास है आईएफआरएस 16 लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट तो ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमें अच्छी ग्रिप होनी चाहिए इन ऑर्डर टू पास दैट पेपर ये मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी स्टैंडर्ड्स बेकार हैं लेकिन ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो पेपर में फ्रीकुन्टली आते हैं अब जब हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो बाद दफा पूरा सवाल इससे सेक्शन बी में आ गया एक पूरा सवाल एक पूरा सवाल यहाँ से बना दिया उसने एक पूरा सवाल उसने सेक्शन बी में यहाँ से उठा के बना दिया तीन सवाल हो गए और एक सवाल उसने उठा के बना दिया सेक्शन सी में रेशोज का और एक बना दिया कंपनी का या रेशोज और कॉन्सोलिडेशन को मिक्स कर दिया तो आपका इस तरह से ओवरऑल पेपर बन जाएगा जो छोटे मोटे एरियाज हैं मस आई एस है जो अदर एरियाज बच जाते हैं आई एस टू है आई एस टेन है इस तरह से आई एस है ये उठा के वो एमसीक्यूज में पूछ लेगा अगर उसने मेन क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा तो तो ये एग्जामिनर का एक ओवरऑल तरीका होता है जिसके जरिए वो आपका सिलेबस जो है वो असेस कर रहा होता है इस तरीके से ये, मैं आपको बस, ये आपको, मैंने आपको सिलेबस असेसमेंट ये सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पर गाइड कर दी कि, कि क्या क्या पॉसिबल हो सकती है इसके अंदर अच्छा स्कीम ऑफ स्टडी क्या होगी जो हमारा कवरेज का तरीका होता है और फिर रिसोर्सिस के बारे में आपको बताता हूँ स्टडी क्या होगी और तो स्कीम ऑफ स्टडी ये होगी कि पहले हम कुछ आई ए एस कवर करेंगे कुछ आई कवर करेंगे इतने आई ए एस और आई कवर करेंगे कि हम सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जम कर सकें फिर हम जाएंगे सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्योंकि सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल आई पूछे जाते हैं तो मैं उस वक्त तक कंपनी अकाउंट्स नहीं करवा सकता जब तक मेरे पास पूरी लिस्ट ना हो सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर हम क्या करेंगे फिर हम कुछ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेंगे जो रिमेनिंग है और उसके बाद फिर हम करेंगे रेशो एनालिसिस ताकि आप लोग इंटरप्रिटेशन की टेक्निक सीख जाए और फास्ट पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें और उसके बाद फिर हमारा अल्टीमेटली होगा Consolidated Financial Statement, the most important और सबसे ज्यादा टाइम आपको किस पे लगाना है सबसे ज्यादा टाइम आपको लगाना है Consolidated Financial Statement ताकि जो 20 नंबर का सवाल है वो 20 नंबर का सवाल अल्टीमेटली यहाँ से कवर हो जाए और हम एग्जाम में सक्सेसफुली पास हो जाए अब मैं आपको सवाल पूछने का मौका दे रहा हूँ कम ये बात जहन में रहे कि ये जो पेपर है आपका F3 उसके बाद एफ उसके बाद एस ये जो आपका एफ का पेपर है ना ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये एस के लिए पूरा का पूरा पेपर उठ के एस बी आर में जाता है एस जाएगा आर में जाएगा तो जब आप एस पढ़ने जाएंगे ना तो उसका सिलेबस इतना बड़ा है कि उसमें एफ का अपना सिलेबस आता है और एस का अपना सिलेबस आता है जो नई चीजें तो स्टूडेंट को हम यही एडवाइस करते हैं कि एफ सेवन बहुत अच्छे तरीके से पढ़, पढ़ के रखो अपने पास कि जब आप एस बी आर में पहुंचो तो आपको एस बी आर में कंपैरेटिवली आसानी लगे की यार करके आया हूँ और मैंने अच्छी तरह से स्टैंडर्ड्स को पढ़ा हुआ है। तो क्योंकि एक, एक एक से डेढ़ साल के अंदर आपके सामने एस बी आर आ जाता है जब आप पार्ट थ्री में पहुंच जाते हो okay, cool, अच्छा रिसोर्सिस की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपके पास मेरे लेक्चरली उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है बुक कोई भी बुक पढ़ सकते हैं आई प्रेफर के आपके प्लान पढ़ें। नोट्स नोट्स आपको मैं भी शेयर करूंगा या आप कोई अदर प्रोवाइडर्स के नोट्स हैं वो भी साथ साथ लेकर चल सकते हैं एंड पेपर्स। तो जो पास पेपर्स हम करेंगे वो पास पेपर्स हम सवाल जब सॉल्व करेंगे तो वो ए के भी होंगे और अदर प्रोफेशनल बॉडीज के भी होंगे हमारी क्लासेस जो होंगी वो इस मोड पे चलेंगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड लाइक कुछ लेक्चर्स में आपको पहले दूंगा कि यार ये कवर कर लो तो हम उसके सवाल करेंगे लाइव क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस यानी तो चलेगा और जो भी टॉपिक क्रिएट होता जाएगा उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलता जाएगा आप उसे फोल्डर से एक्सेस करोगे और अपनी तैयारी अकॉर्डिंगली करते जाओ जिन लोगों ने एफ थ्री नहीं दिया उनको अल्टीमेटली जैसे ही वो एफ आर पढ़ना शुरू करेंगे तो एफ उनको पीस ऑफ केक लगना शुरू होगा और उनका एफ पढ़ने से यह फायदा होगा कि उनका एफ थ्री निकल जाएगा फिर उन्हें एफ में इतना मसला नहीं होने वाला क्योंकि जो हमारे पीछे वाले टॉपिक हैं F3 के कंसोलिडेशन कंपनी रेशो कैश फ्लो वो पूरे के पूरे उठ के इसके अंदर आते हैं हाँ बैड डेट्स और ये वो सारी चीजें नहीं आती डेप्रीसिएशन इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट तो मैं F3 से अगर कंपेयर करूं कि कितना उठ के एफ में जाता है तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं कि जी आपका यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स आ जाता है जो कि उठ के यहाँ चला जाता है आपका कैश फ्लो एफ में चला जाता है आपका रेशो एफ में जाएगा आपका ग्रुप अकाउंटिंग या कंसोलिडेशन सेवन में जाएगी ये तो हो गए टॉपिक्स इसके अलावा आपका डेप्रीसी का टॉपिक इंक्लूडिंग आई 16, सिक्सटीन 38, ठीक है आई 37, थर्टी 2, आई 10, टू है? एस 15 रेवेन्यू स्लाइटली ये उठ के आपका वहाँ पर जाता है और इसके अलावा अगर कोई छोटे मोटे चीजें और जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेमवर्क तो फ्रेमवर्क भी था उसके अंदर तो फ्रेमवर्क हो गया आपका ये सारी चीजें उठ के चली जाती हैं F7 में तो आपको F3 से F7 में फायदा होगा और F7 से F3 में फायदा होगा जिन लोगों ने पेपर नहीं दिए तो ये जी एसी की वेबसाइट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट है वो भी मैं चाह रहा लें, जो उनकी एग्जामिनेशन टीम ने कुछ गाइडलाइंस दी हुई है कुछ टिप्स दी यस सर हो रहा है। yes, sir. ये जबरदस्त जबरदस्त डॉक्यूमेंट है हाउ टू अप्रोच फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा ये हर पेपर के लिए अवेलेबल है स्टूडेंट्स देखते भी नहीं है इसको पता भी नहीं होता स्टूडेंट्स को क्या करना How to approach financial reporting? Very good article. इन्होंने बताया what is FR about? FR है कि आप paper है क्या या आपको क्या-क्या बताता है? सही है? तो financial reporting provides you with the skills required to apply accounting standards, conceptual framework in the preparation of financial statement, and how to analyze and interpret financial state. ठीक है? Overview. ओवरव्यू देखें आप इसमें है क्या तो आपको ओवरव्यू नजर आएगा देखें जी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक हिस्सा अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयरिंग सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयरिंग कंसोलिडेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एरियाज जो हमने डिस्कस किया था अब स्टेप टू सक्सेस एग्जामिनेशन टीम कह रही है कि क्या करना चाहिए आप किसी अच्छे college के पास पढ़ें पढ़ें और अच्छा ठीक है दूसरी अच्छी advice, पूरा सिलेबस पढ़ें वेरी गुड एडवाइस तीसरी एडवाइस आप थ्योरी को भी प्रॉपरली पढ़ें टेक्निक्स पढ़ें राधर देन कैलकुलेशन करें स्टूडेंट क्या करता है में स्टूडेंट का फोकस होता है कैलकुलेशन जो कि एग्जाम के लिए इतना इफेक्टिव तरीका नहीं है कैलकुलेशन प्लस थ्योरी प्रैक्टिस करें एग्जाम टाइम बाउंडेड क्वेश्चंस पेपर्स प्रैक्टिस करें कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस का आंसर कैसे लिखा जाएगा उसकी प्रैक्टिस करें अटैम्प्ट एटलीस्ट टू फुल एग्जाम अंडर एग्जाम कंडीशन ठीक है जी फिर उसने बताया कि एग्जाम टेकलिंग जब आप करने जाएंगे तो आपके पास सेक्शन ए में 30 नंबर आएंगे सेक्शन बी में 30 नंबर आएंगे सही है? ओटीक्यूस आंसर को कैसे टिप्स क्या दी हुए रिक्वायरमेंट केयरफुली पढ़ें, एड टू द राउंडिंग इंस्ट्रक्शन और फॉर इन द ब्लैंक क्वेश्चन क्या आपका आंसर अगर आपको बॉक्स दिया हुआ है और लिखा हुआ है टू डेमल प्लेस पर आंसर करें तो टू डेमल प्लेस पर आंसर करना है ट्राई टू आंसर ऑल क्वेश्चन क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है जब नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं तो आप तुक्का लगाएं। जितने भी तुक्के लग सकते हैं वो भी चलेंगे उसके बाद सेक्शन सी आता है सीआरक्यू कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस। दो सवाल आएंगे विद मल्टीपल रिक्वायरमेंट सही है इसकी टिप्स इन्होंने क्या दी हुई है टाइम बाउंडेड एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास छत्तीस मिनट होते हैं कोशिश करें छत्तीस मिनट में सोल्व करें जो कि होगा नहीं पॉसिबल नहीं है read the requirement first present all workings structure narrative answer around an answer plan use headings conclusion dale agar usne pucha hai to aur sari requirement ko solve kare resources aapko kya kya available hai isc ki taraf se examiner approach article aapke paas available hai examiner approach article available hai और इस डिफरेंट आर्टिकल अवेलेबल हैं टेक्निकल आर्टिकल्स नाम की एक चीज होती है से की वेबसाइट के ऊपर कभी सुनी है सुनिएल्स के बारे में सुना है कभी टेक्निकल आर्टिकल्स क्या होते हैं लेट मी जस्ट शेयर विथ यू टेक्निकल आर्टिकल्स क्या होते हैं? दो मिनट दे मैं आपको टेक्निकल आर्टिकल्स के बारे में बताता हूँ टेक्निकल आर्टिकल्स क्या होते हैं जो एसी की वेबसाइट अवेलेबल होते हैं जाने चाहिए गाय बा गाय जो ना आपको टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ने को दूंगा और वह टेक्निकल आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर आपकी अफेक्टिव क्रिएट होगी एग्जाम के अंदर वो वो सब सबसीक्वेंटली मैं आपसे शेयर करूंगा कि टेक्निकल आर्टिकल्स हैं क्या ठीक है जी मूविंग so फॉरवर्ड अब हम एक छोटा सा एजेंडा आज के लिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि तो मैंने इंट्रो क्लास रखी है पढ़ाने वाने के लिए नहीं रखी जिस चीजें क्लेरिफाई करने के लिए कि आप लोगों को पढ़ना कहां से बुक्स और किट जो है उसकी सॉफ्ट कॉपी में आपको दे दूंगा हार्ड कॉपी आपको परचेज करनी है तो मार्केट खुलने का इंतजार करें जामिया वाले आजकल होम डिलीवरी कर रहे हैं उनसे आप कांटेक्ट करके सॉफ्ट कॉपी जो ना फोटो कॉपी मंगवा सकते हैं हार्ड uh, कॉपी की सॉफ्ट कॉपी में पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लें कोई मसला वाली बात नहीं है सही है अच्छा हमारा हमारा जो uh, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हम उसको लेके चलेंगे कि एरिया कवर करेंगे नॉन नॉन करंट करंट का जो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उस के अंदर जो हमारे अकाउंटिंग इश्यूज कवर होते हैं वो कवर होते हैं IAS 16, IAS 36, 38, IAS 40, IAS 23 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करंट एसेट्स को डील कर रहे हो हाँ जी बोले सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है आपकी पैट, जर्नल शेयर नहीं हो रही बताइए